भारत के हर हिस्से में कई अनोखे और रहस्यमय स्थान हैं। उन्हीं रहस्यमय स्थानों में से एक स्थान हिमाचल की गोद कागदा में स्थित है ये चमत्कारी मंदिर बाथू की लड़ी के नाम से प्रसिद्ध है और ये मंदिर महादेव को समर्पित है इस मंदिर की खास बात ये है कि ये मंदिर महाराणा प्रताप सागर जिल में साल के आठ महीने पूरी तरह डूबा रहता है यानी के इस मंदिर के दर्शन सिर्फ चार महीने ही किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध महाभारत के काल से है कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ से स्वर्ग जाने की सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी हालाँकि उसे बनाने में वो सफल नहीं हो सके क्योंकि इन सीढ़ियों का निर्माण उन्हें एक रात में करना था आज भी इस मंदिर में स्वर्ग की ओर जाने वाली चालीस सीढ़ियाँ मौजूद है अगर आप कभी हिमाचल जाए तो बाथू की लड़ी मंदिर के दर्शन करना न भूले